तो यहां पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हम टोटल के अकॉर्डिंग इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना चाहते हैं ताकि हमें दूर से में पता चल जाए कि ये टोटल्स है एमआरपी और क्वांटिटी हर प्रोडक्ट का ये टोटल्स है ये मुझे पता चल जाए तो इस केस में क्या करेंगे इस केस में हम एक सिंगल सेल को कर्सर से रखेंगे और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में ध्यान रखिएगा सिंगल सेल सेलेक्ट होना चाहिए तो सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां हमारे पास है यूज फार्मूला टू डिटरमाइन और यहां पे जो हमारी जो क्वांटिटीज है इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर मैनुअली हम टाइप भी कर सकते हैं बी बट यहाँ मैनुअली टाइप नहीं करते और इसमें डॉलर साइन आएगा तो डॉलर साइन में जो रो का डॉलर है वो डिलीट कर दे कॉलम रहने दे क्योंकि कॉलम बी हमारा फिक्स है पर रो फिक्स नहीं है क्योंकि इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो रो हमारा चेंज होगा बट कॉलम फिक्स है तो यहां हम क्या करेंगे इज इक्वल टू टोटल टोटल फिर यहां हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां फॉर्मेट सेल में आने के बाद हम क्या करेंगे बॉर्डर में हम ए वाली बॉर्डर लेके यहाँ नीचे कर अंडरलाइन कर देते हैं देन फॉन्ट में हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं कोई और कलर चाहिए तो मान लीजिए हम यहाँ पे ए वाली कलर दे देते हैं और बोल्ड कर देते हैं साइज पर है तो साइज हम इसकी बारह कर देते हैं नहीं साइज नहीं बढ़ा सकते माफ कीजिएगा साइज कंडीशन वोटिंग से नहीं बढ़ती है और इसको हम जस्ट ओके okay कर देते हैं धैन यहां हम ओके okay करेंगे और यहां पे कर्सर रखेंगे फॉर्मेट पेंटर को लेंगे और बाकी जो आपकी डेटा है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए ठीक है सर अब इसमें नीचे वाला ऑप्शन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने सिलेक्शन नहीं किया था इस कारण से तो इसको कॉपी मैनुअली कॉपी पेस्ट कर दीजिए तो देखा हमने घंटों का काम को कैसे सेकेंडों में कर दिया हमारे इस एग्जांपल से